इस कार्यक्रम को देखने वाले आपको किन किन चीजों की जो है जरूरत रहेगी किन किन चीजों का ध्यान रखना साथ ही साथ दर्शकों इस माह के सर्वथा आपके लिए शुभ दिवस और अशुभ दिवस कौन कौन से है इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे इस माह को और शुभ बनाने के लिए जो भी अच्छे से अच्छे उपाय हो सकते हैं उन सभी पर हम प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे साथ ही साथ बताना चाहेंगे जन्म राशि न चिंतित विवाहित सर्व मांगल्य यात्रा याशि प्रधानम नाम राशि न तो आपको भी ये राशिफल आपकी जन्म राशि के अनुसार देखना है न की नाम राशि के अनुसार साथ ही साथ दर्शकों को आपको बताना चाहिए की करोड़ों करोड़ लोगों की जो है कर्क राशि होगी सिंह राशि होगी साथ ही साथ कन्या राशि होगी ये जो राशिफल है ये वास्तविक आपके जीवन पर जो है आ, बिल्कुल मई माह में यही घटनाएं होंगी तो इसकी कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है लेकिन फिर भी दर्शकों आपको ये बताना चाहेंगे कारण इसका है क्योंकि आप जब पैदा हुए होंगे तो जन्म समय आपका अलग होगा जन्म की तिथि अलग होगी और जन्म का स्थान अलग होगा तो जब भी व्यक्ति पैदा होता है कोई जातक जन्म लेता है तो उसके अनुसार उस समय के अनुसार एक जन्म कुंडली तैयार होती है और फिर उसके अनुसार फलादेश भी होता है तो यदि आपको भी जानना है कि आपके वास्तविक जीवन में क्या घटनाएं घटित हो तो रही है भविष्य में क्या होगी और उन घटनाओं से अशुभ घटनाएं हैं तो उनसे कैसा है? बचा जा सके तो इन सभी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण के, के माध्यम से या व्हाट्सएप पर आप हमसे साथ ही साथ दर्शकों एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे ये जो महामारी फैली है इससे संबंधित हमारा चार अक्टूबर का वो वीडियो आप लोग जाकर के चैनल पे हमारे देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है उसमें हमने क्या क्या भविष्यवाणी की थी आप लोग एक बात जो है थोड़ा सा आप देखिए कि आखिर में ज्योतिष कैसे होता है और भविष्य में आने वाली घटनाओं को कैसे बताता है तो दर्शकों ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं हो आपकी स्क्रीन पे आएगा ये 4 अक्टूबर का वीडियो है रेड कलर से जो है इसमें रेड भी देखिए है और हमारे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगी और हु बहु जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसकी बैकग्राउंड में इमेज भी है हमने बताया भी था विश्व स्तर पर कोई बहुत बड़ा वायरस या कोई बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है बच्चों को विशेष ध्यान रखना होगा वायुव्यांग दुर्घटना से जनित कोई जो है घटनाएं होगी भूकंप आएगा तो अभी आप देख सकते हैं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 उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे कोई महामारी फैल सकती है बच्चों को कष्ट हो सकता है पर हो जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है कोई वायुयान क्रैश हो सकता है वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो तो दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए कर्क राशि पर आगे बढ़ते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए मई का ये माह कैसा रहेगा देखिए कर्क राशि के जातकों को करियर के दृष्टिकोण से मई का महीना आपकी पद और प्रतिष्ठा करेगा इसमें तो है है। मतलब चांद लगेंगे साथ ही साथ कर्क राशि के जात को विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना उम्मीद से ज्यादा बेहतर रहने वाला रहेगा और उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम हासिल होंगे यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो मई के इस माह में कर्क राशि के जातको आप लोगों को परिवार का कुटुम्ब का अधिक से अधिक साथ मिलेगा जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहद ही मधुर होंगे किसी धार्मिक में मई माह के दौरान काम में अधिक वस्तता रहने के कारण हो सकता है की थोड़ा सा परिवार में समय आप लोग कम दे पाए जिससे आप लोगों के जो है बीच संबंधों में प्रेमी प्रेमिकाओं की जोड़ी की यदि हम बात करें थोड़ी सी कुछ ना कुछ दरार सकती है कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है यदि आप लोगों ने शादी करने का मन बनाया है यदि कर्क राश के जात को आप लोग विवाहित है तो यह समय पंद्रह तारीख के बाद का थोड़ा सा चुनौती पूर्ण रहने वाला है थोड़ा सा संभाल करके आपको रहना होगा साथ ही साथ आर्थिक तौर पर देखें तो ये महीना अनुकूलता लेकर के आया है मई का ये महीना स्वास्थ्य मामलों में अधिक दिखाई नहीं दे रहा है कर्क राशि के लोग अन्यथा आप लोग तो अन्य लो किसी गंभीर बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं साथ ही साथ इस बार विदेशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामलों में उच्च लाभ आप लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ नए लोगों के साथ आप लोगों के संपर्क स्थापित होंगे जो कि फ्यूचर में चल करके आपके लिए फायदेमंद होंगे आप लोग देखिएगा गौर करिएगा कि मई महीने में आप लोगों को जो है कई अच्छे लोगों से मुलाकात होगी रिफरेंसेज आपके बढ़ेंगे साथ ही साथ ये होगा कि भविष्य में यदि आपको कोई काम है तो उनके माध्यम से ही काम तो आसानी से होगा और मई महीने में आपको अच्छा धन लाभ होने की यहाँ पर संभावनाएं कर रहे हैं हैं जो लोग कमीशन के लिए काम करते हैं, वो उपलब्धि हासिल करने की संभावनाएं तलाशेंगे दांपत्य जीवन में आपको कुछ परेशानियों कर पर का सामना करना पड़ सकता है हालांकि यदि आप एक गंभीर वैवाहिक कलह का सामना कर रहे थे थोड़ा सा सफलता होने की संभावना भी रहेगी व्यापारियों को नुकसान होने की संभावना रहेगी साथ साथ ही आज आप अपने व्यापारिक भागीदारों की स्पष्ट समझ रखनी होगी कोई भी जो बात होगी कोई भी जो बिजनेस डील होगी उनसे आप लोग लिखा पढ़ी में करिएगा हवा हवाई बातें मत करिएगा अन्य आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है आपको धन की हानि हो सकती है बीस तारीख के बाद हम बात करें। तो आपके व्यवसाय जीवन में तो सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है जो लोग है। ये लोग अच्छा लाभ पाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बॉस आपके साथ संबंधों में सुधार होगा सरकारी क्षेत्र में जो कर्क राशि के जातक काम कर रहे हैं इनकी लोकप्रियता पढ़ेगी आपके लिए आवश्यक होगा की आप अपने पर नियंत्रण रखे तथा आप अपने महत्वपूर्ण कार्यो को बर्बाद कर सकते हैं बच्चों के साथ एक सामान्य समय कर्क राशि के जातक बिताएंगे और जो बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं मतलब अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो यदि आप कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए उपयुक्त रहेगा आप लोग प्रयास करिए निश्चित रूप से आगे आपको खुशखबरी प्राप्त होगी मई का ये महीना कर्क के जातक जो है छात्र वर्ग है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा काफी अच्छे परिणाम आने वाला कोई यदि आपने एग्जाम दिया है तो निश्चित रूप से उसमें आपके बर्तन लहरा सकते हैं साथ ही साथ इस महीने निश्चित रूप से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव आपके अंदर बढ़ेगा प्रेम प्रसंग के लिए मई का ये जो महीना रहेगा ये बड़ा उत्कृष्ट महीना रहेगा तो ओवरऑल का क्या रहेगी दर्शकों तो हैं हैं हमने आपको बता दिया अब चलते उपाय की आपको प्रयास करना है कि तीन बार बजरंग बाड़ का पाठ करते समय गुड़ और चरे का भोग ये हनुमान जी के सामने आपको लगाना रहेगा साथ ही साथ शनिवार वाले दिन आपको शिवलिंग पर गंगा जल में थोड़ा सा काला तेल डाल करके और नम शिम मंदिर से आपको अभिषेक करना रहेगा प्रातःकाल जब भी उठते हैं तो माता के और पिता के अपने कोशिश कीजिएगा की आप ब्लैक कलर को एवाइट कर दीजिए अः सिलेटी कलर को एवाइट कर दीजिए ब्राउन कलर को एवाइट कर दीजिए इस माह की जो सर्वथा शुभ दिवस आपके लिए रहेंगे तो तीन तारीख पांच तारीख सात तारीख इकतीस तारीख तारीख, तारीख, तारीख, तारीख, तारीख तारीख साथ साथ ही और प्रतिकूल दिवस की वही हम बात करें तो दो तारीख है चार तारीख है छह तारीख है आठ तारीख है बारह तारीख है चौदह तारीख है सत्रह तारीख है बाईस तारीख है चौबीस तारीख है उनतीस तारीख है सत्रह तारीख को शाम का समय तो आपका अच्छा रहेगा दोपहर दोपहर लेकिन के पहले का जो समय रहेगा यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा तो कर्क राशि के जातकों मई माह कैसा जाएगा हमने आपको बता दिया है आपके लिए शुभ कलर क्या है अशुभ जो है कलर कौन कौन से हैं साथ ही साथ भाग्यशाली दिवस कौन से है और भाग्यशाली दिवस कौन नहीं है ये सभी चीजें हमने आपको बताई उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे हमारी जो अगली राशि आती, आती है आती सिंह राशि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये माँ इस विषय पर चलिए हमें जो है दृष्टि डाल लेते हैं साथ ही साथ दर्शकों एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि नए हैं देखिए तो इस चैनल को हमारे आप लोग सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बगल में बना हुआ जो बेल लेखन है इसको आप लोग जरूर लगाइए देखिये सिंह राशि के जातकों सीधी सी बात एक जान लीजिए की मई के महीने में करियर के क्षेत्र में आपको बेहतरीन परिणाम तो मिलेंगे लेकिन आपकी नौकरी भी जाने के काफी जो है चांसेज है डर तो यदि हम करियर से रिलेटेड बात करें तो ये मिश्र रूप से परिणाम आप लोगों को हासिल तो आवश्यकता है जिनमें पी एच डी करने की आवश्यकता है आपके पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो ये मान करके आपको चलना चाहिए सिंह राशि के जात को कि आपका कुटुम्ब आपके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ होगा प्रेमी जोड़ियों को इस महीने थोड़ा सा धैर्य रखना होगा पेशेंस रखना होगा और विश्वास के साथ अपने लव लाइफ को जीवन साथी का स्वास्थ्य तो भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है प्रतिकूल हो सकता है एक बात और बताना चाहेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि के जातकों के लिए मई का ये महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा आपका धन कहीं पर फंस सकता है आपने को पैसा दिया है आप मांग रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पैसा ना मिले मई के महीने में आपको अपनी जो है क्या कहते हैं धन संबंधी मामलों को थोड़ा सा करने की जरूरत पड़ेगी सिंह राशि के लोगों को पेशे भर पहुंचे में कई अच्छी खबर भी मिलेगी अच्छी खबर का एक टुकड़ा आपके व्यवसाय और नौकरी से संबंधित भी हो सकता है प्रशासनिक संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी जो सिंह राशि के जातक हैं प्रशासनिक क्षेत्र से हैं पुलिस के क्षेत्र से हैं उनको थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ेगा वेतन भूगी लोगों को तरक्की मिलने की संभावना रहेगी एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए एक कुशल योगदान आपकी प्रशंसा और सामाजिक मान्यता को जन्म देगा सिंगल राशि के जातक इस माह आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में सुधार होगा माह की तरह यदि कोई प्रॉब्लम मेजर थी तो वो कम होती हुई दिखाई साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए दक्षता और ईमानदारी के साथ आप लोग काम कर सकते हैं अनावश्यक बातचीत से आपको खुद को दूर रखना होगा इसमें क्या हो सकता है की कि देखिये किसी दूसरे के लड़ाई में आपको पड़ना नहीं है भाई बहनों के साथ किसी मामूली बात को लेकर के झगड़ा हो हो सकता है, है। लड़ाई हो सकती है। साथ ही साथ आपके सीनियर्स आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ कह देंगे तो आपका मूड गड़बड़ हो जाएगा आपको इस माह आपके पिता का समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा साथ ही साथ आपके लिए फायदेमंद ये माह साबित होगा अपने शब्दों का चयन सोच विचार करके करिएगा साथ साथ ही साथ आपका जो जो भाषण रहेगा आपकी अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी इस ना कहीं कही आपके फैमिली के द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है हो सकता है उतनी छूट आपको ना मिले उतनी ज्यादा आपको जो है आ, क्या कहते हैं बाहर निकलने की छूट हो गया या आपके कार्यो में कह सकते हैं टोका टोकी हो आप कोई कार्य करें करने करने जाएंगे जाएंगे आपके कोई कोई काम करने जाएंगे, कोई काम पत्नी तो निश्चित रूप से आपके तो मन थोड़ा सा यहाँ पर खिन्न होगा तो अपने भावनाओं को आपको काबू में रखना रहेगा साथ ही साथ 20 तारीख के बाद से यदि हम बात करें तो आपके सभी काम आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे सिंगे रख यहाँ पर एक बात और बताना तो चाहेंगे सभी काम का मतलब हो गया कि धन संबंधी लाभ लाभ भी इसमें गिना जाएगा तो अचानक से धन संबंधी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है एक बात और बताना तो चाहेंगे कि इस माह नौकरिया जान, जाने का योग है मतलब यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं हो सकता है लॉकडाउन जैसी परिस्थिति के कारण आपको आपके केतु से, तो आप तो हाँ से, आप आप से संबंधित वस्तुओं का दान करना है कोशिश कीजिएगा सफेद तेल का दान आपको द्वार को करिएगा और मंगलवार के दिन आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जा करके एक लाल रंग का जो है आपको चोला ये चाहना रहेगा साथ ही साथ एक कार्य और करिएगा जिससे आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी एक चार बराबर भागो में काटिए और चारों चौरा, चौराहे पे जाकर चारों दिशाओं में आपको फेंक करके चुपचाप कर ले आना है ये दो उपाय आप लोग यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी जॉब में जो प्रॉब्लम आ रही है ये दूर हो जाएगी साथ ही साथ यदि आपसे कोई मंगलवार वाले वाले दिन या वाले दिन या धन मांगे तो आप स्पष्ट रूप से उसको मना कर सकते हैं सिंह राशि के जातको इस माह के लिए सर्वथा शुभ दिवस आपके लिए कौन कौन से रहेंगे प्रतिकूल दिवस कौन कौन से रहेंगे आइए इस पर दृष्टिकाण देते हैं तो शुभ शुभ दिवस की बात करें एक तारीख रहेगी तीन तारीख रहेगी सात तारीख रहेगी नौ तारीख रहेगी दस तारीख रहेगी तेरह तारीख रहेगी तारीख रह, रहेगी, इसके अलावा छब्बीस तारीख रहेगी सत्ताईस और तीस तारीख रहेगी वही प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करते हैं कि माह में राज के जातकों के लिए कौन कौन से प्रतिकूल दिवस है तो देखिये दो तारीख है चार तारीख है उसके अलावा ग्यारह तारीख है फिर सत्रह तारीख दोपहर बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा चौबीस तारीख है उनतीस तारीख है और इकतीस तारीख है साथ ही साथ यदि आपके शुभ कलर की हम बात करें तो गोल्डन कलर आपके लिए शुभ रहेगा येलो कलर और सिंह राशि के बाद तो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि कन्या राशि के जातकों के लिए मई का ये महीना कैसा रहेगा तो देखिए कन्या राशि के जातकों मई का ये माह आपके लिए कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाने में आप लोग सफल होंगे और मई मैं का महीना कार्यक्षेत्र के लिए विशेषता लेकर के आया है कार्यक्षेत्र की बात करें तो नौकरी में आप सफल होंगे आप यदि होंगे व्यापार में मई माह में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और मई का ये माह आपको बेहतरीन लाभ देकर के जो है जाएगा ये बिल्कुल निश्चित रहेगा विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में जो दिक्कत आ रही थी वो अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है पारिवारिक जीवन के लिए हम बात करें तो कुटुंब का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा प्रेमी जोड़ों के लिए मई का महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा मई माह में निश्चित रूप से आपको तमाम प्रकार की चुनौतियां जो आ रही थी खत्म होती हुई दिखाई दे रही साथ ही साथ इस माह आपके प्यार की पूरी तरीके से परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा में आप खड़े उतरेंगे यदि आप शादीशुदा है तो मई का महीना आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है आर्थिक मोर्चे पर यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आप विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आमदनी प्राप्त करेंगे फिर तो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो एसआईपी से रिलेटेड हो तो इन सब चीजों चीजों से से से संबंधित संबंधित शेयर मार्केट भी आपको धन ले जा सकता है, है स्किन से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है बोन से रिलेटेड नूरव से रिलेटेड आपको समस्या आ सकती है तथा आपकी इम्यूनिटी जो होती है ये थोड़ी सी कमजोर हो सकती है कन्या राशि के लोगों पर पूरे महीने सकारात्मक आप प्रभाव आपकी लंबित अचानक पकड़ेंगी। वित्तीय पर, हाँ पर भुगतानों के माध्यम जो, जो अभी तक चले आ रहे थे उनसे हो सकता है की आपको कुछ पैसा इत्यादि मिल जाए आपकी लोकप्रियता इस महीने कई गुना बढ़ सकती है ये भी है आपको अपने पिता का स्वास्थ्य से ध्यान रखना होगा और उनके होंगे यदि आप बड़े हो गए हैं तो आप उनके साथ संघर्ष कर सकते हैं या आप लोग जो है किसी से मार्गदर्शन लेके सलाह लेके और उचित परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं कन्या राशि के जो जातक है, तो हैं इनके जीवन में में इस में तो आपके प्रेमी को आपके भेद की बातें पता चल जाएंगे और तो इसके कारण आप लोगों का लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो सकता है स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रखिएगा क्योंकि तो कोई गंभीर बीमारी आपको विशेष रूप से हमने बताया कि बोन से रिलेटेड से से रिलेटेड रिलेटेड में में दर्द संबंधित कोई संभावना है भौतिक सुखों वृद्धि कुछ जो है वृद्धि कुछ हद तक की संभावना सा, साथ ही साथ आपको अपने भाषण और आचरण आचरण पर 20 तारीख के बाद से संयम रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं कन्या के आपको वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बना रहेगा और आपके रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। जो लोग का सामना कर रहे थे, उनमें कुछ सुधार दिखाई दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। विवाह योग के व्यक्तियों कोई विवाह का को रिश्ता इंटरनेट के माध्यम इत्यादि से आ सकता है और इस माह आप विवाह के बंधन में बदलने के लिए हामि भर सकते हैं विवाह आपका आगे होगा तो तो के को के को इस माह प्रभावी और शुभ बनाने लिए उपाय क्या करना होगा? तो देखिए बृहस्पतिवार के दिन विष्णु साहिब और नारायण कवच का आप लोग बात करिए और यदि हो सके तो पीले कपड़े में सवा किलो चने की दाल आपको बांध करके किसी ब्राह्मण को या मंदिर में किसी बुजुर्ग को आपको अवश्य देना होगा दूसरा संडे वाले दिन आप लोगों को करना रहेगा नमक का सेवन तो तो तो एक तारीख है तीन तारीख है पांच तारीख है सात तारीख है आठ तारीख है नौ तारीख है उसके अलावा फिर तेरह तारीख हो गई है और सत्रह तारीख है सत्ताईस तारीख की दोपहर के पहले का समय हो गया चौबीस तारीख है छब्बीस तारीख है अट्ठाइस तारीख है सर्वथा शुभ रहेंगे प्रतिकूल दिवस में बताएं तो दो तारीख चार तारीख छह तारीख दस तारीख बारह तारीख चौदह तारीख उन्नीस तारीख बाईस तारीख उन्तीस तारीख और इकतीस तारीख प्रतिकूल ये दिवस रहेंगे वही भाग्यशाली कलर की बात करें तो हरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा कोशिश कीजिएगा रेड कलर को और पीले रंग को व्हाइट करें तो अंक तीन और अंक आठ आपके लिए सर्वथा शुभ अंक रहेंगे तो ये तो था हमारा कर्क सिंह और कन्या राशि का मई माह कमेंट के माध्यम से जरूर यदि आपको भी आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर टेलीफोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम हमसे संपर्क कर सकते हैं दीजिए इजाजत मिलती है मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए सभी सम्मानित दर्शकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए बिता देता हूँ नमस्कार